सड़कों पर घूम रहे 16000 पशु आठ गौ संरक्षण केंद्रों के निर्माण के लिए छह महीने से अनुमति का इंतजार प्रत्येक गौ संरक्षण केंद्र पर एक दशमलव करोड़ रुपए की आएगी लागत सीएम योगी आदित्यनाथ व भाजपा नेतृत्व गौ के संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत जिले के नगरीय निकाय व ग्राम पंचायतों में कुल दो लाख बयासी जिले के आठ बृहद गौ संरक्षण केंद्रों के बारे में लगभग छह महीने से शासन स्तर से निर्णय नहीं हो पाया है इसके चलते गौ संरक्षण केंद्रों का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है प्रत्येक गौ संरक्षण केंद्र की लागत एक दशमलव दो करोड़ रुपए आएगी ऐसे में कुल नौ दशमलव साठ करोड़ रुपए खर्च आएंगे वही गौ संरक्षण केंद्र बनने ऐसी चार हजार को सुरक्षित ठिकाना मिल जाएगा सोलह हजार नौ वे सहारा पशु हैं। जिले के नगरीय निकाय व ग्राम पंचायतों में कुल दो लाख हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ व भाजपा नेतृत्व गौ के संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत है लेकिन इस बीच जिले के लिए निराशाजनक रिपोर्ट है पशुपालन विभाग ने जिले में आठ बृहद गौ संरक्षण केंद्रों के निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है इसके बाद पशुपालन विभाग ने पैरवी भी की लेकिन जिले के गौ संरक्षण केंद्रों के निर्माण के संबंध में कोई निर्णय नहीं हो पाया शासन के प्राथमिकता वाले कार्यों के प्रति उच्चाधिकारी अगम्भीर है इसके चलते गौशाला केंद्रों का निर्माण अधर में लटका हुआ है मालूम हो कि सरकार की सरकार गौवंश को सुपुर्दगी योजना में दे रही है इसके लिए प्रतिदिन 30 रुपए की दर से रकम प्रदान की जाती है प्रत्येक महीना 900 रुपए की दर से पशुपालक के बैंक खाते में रुपए स्थानांतरित होते हैं इससे गौपालक को कई तरह के फायदे मिलते हैं वे गाय का शुद्ध दूध प्राप्त करते हैं गौशाला छब्बीस संरक्षित गौवंश आठ बेसहारा सो गौवंश सोलह कुल गौवंश दो लाख बयासी हजार सात लाख गौ संरक्षण के लिए उपलब्ध धन 2 करोड़ सहभागिता योजना में सौंपी गई इका एक हजार है जिले से आठ बृहद गौ संरक्षण केंद्रों के निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है अनुमोदन का इंतजार कर रहे हैं प्रत्येक गौ संरक्षण केंद्र के लिए एक दशमलव बीस करोड़ रूपए की लागत आएगी